हेल्थ केयर के अथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे दोस्तों नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर केके पांडे और आपके इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे बर्बेरिस वर्लगेरीज़ के बारे में दोस्तों बर्बेरीस वर्लगेरीज का स्टोन पर बहुत अच्छा असर होता है दोस्तों तो स्टोन पे कैसे काम करती है आज हम इसी बारे में आपसे बातचीत करेंगे तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों बर्बेरीज वर्गेरीज का जो सबसे खास होता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्टोन पे कवर करती है तो स्टोन देखिए दो तरह का होता है दोस्तों एक तो होता है ग्वालबेडर का स्टोन एक होता है रीनल स्टोन जिसको हम लोग किडनी की पथरी के नाम से जानते हैं तो दोस्तों अब ये दोनों में कैसे काम करता है उसके क्या क्या, क्या सिम्टम्स होते हैं आज हम इसी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे दोस्तों ऐसे कंडीशन में जबकि ये पित्त पर काम करता है या पित्त की जो पथरी होती है उस पर काम करता है तो वहाँ पर आपको क्या सिम्टम्स मिलते हैं इसका जो खास सिम्टम होता है दोस्तों ये चुभने वाला दर्द इस्टिचिंग पेन आपको या पियर्सिंग पेन आपको बर्बेस वगैरह इसमें मिलता है ये आपको जहाँ पे आपका पित्ताशय होता है आपको यहाँ पे इसमें उल्टा दिख रहा होगा ठीक है अब मेरे हिसाब से देखें तो यहाँ पे चूँकि इसमें फिगर्स उल्टे आते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा तो अंदर के साइड में दोस्तों आप देखेंगे बैक साइड से जहाँ पर पिताशा होता है उसके पीछे साइड में चुभने वाला दर्द ऐसा महसूस होता है ठीक है और दर्द के साथ साथ में क्या होता है पेट में भारीपन होता है और कट्टी टकार आती है ऐसा लगता है जैसे ऊपर की तरफ चली जा रही हो इस टाइप की फीलिंग होती है दोस्तों पितासा में इसमें जो दर्द होता है वह चुभने वाला दर्द होता है और दवा देने से तकलीफ इसकी और बढ़ जाती है दोस्तों मतलब जहाँ पर दर्द होता है अगर वहाँ पर फिर से बह जाए तो ये दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है ये इसका खास बड़ा सिम्टम होता है दोस्तों इसके साथ में पेशेंट की जो त्वचा होती है आपको पीली दिखेगी अगर जॉन्डिस की कंडीशन है तो या पेट में पथरी है तो कब्जियत की शिकायत होती है पेशेंट को बार बार स्टूल जाने की इच्छा होती है फ्रिक्वेंस स्टूल होता है पेशेंट को तो ये सारे सिम्टम पे बहुत अच्छा काम करती है बर्बेस वलगेस इसके साथ में दोस्तों इसका जो दूसरा एक्शन होता है वो होता है हमारे किडनी पे किडनी में दोस्तों इसका जो दर्द होता है वो किडनी रीजन से दर्द स्टार्ट होकर के नीचे की तरफ जांघों की तरफ जाता है या दर्द वहां से होकर के चारों तरफ तो फैल जाता है पेशाब कर चुकने के बाद पेशेंट को ऐसा फील होता है कि अभी पेशाब कुछ बाकी है पेशाब की नली में जलन होती है ये जो सिमटम है दोस्तों ये अक्सर आपको इंडिकेट करता है बर्बेरिस वर्गेस की तरफ अगर किडनी में स्टोन है तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल इन सारे सिम्टम के आधार पर कर सकते हैं ये बहुत ही बेहतरीन दवा है तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये आपके अगर पित्त में पथरी है तो वहाँ पे भी काम करती है अगर ये कहीं पे मतलब किडनी रीजन में है या और कहीं नीचे साइड में है जहाँ से दर्द नीचे की तरफ जा रहा हो बाथरूम करने के बाद पेशेंट पेशेंट को ऐसा फील होता है कि जैसे फिर थोड़ी बाथरूम और में बची हुई है तो इन सारे सिमटम पर ये बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों तो दोस्तों इन दोनों सिम्टम के आधार पर आप इसको आ, कहीं पर भी दे सकते हैं किसी भी ऐसे पेशेंट को जिसको आवश्यकता हो उसको आप प्रेफर कर सकते हैं तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा दोस्तों जाए दोस्तों तो में शेयर करिएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बिल्कुल दावेगी वैसे मैने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे फिर मैंने तो एक नई जानकारी के साथ तब तक अपना ख्याल रखिएगा जय हिंद जय भारत दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो दर्द होता है वो एक जगह से सेंटर होता है सेंटर से चारों तरफ फैलता है या एक जगह से दूसरी जगह फैलने वाला दर्द होता है बर्बेरीस वर्गेरीज में इसके अलावा दोस्तों ये स्पेशली जो काम करती है वो लेफ्ट साइड की जो रीनल स्टोन होती है या जो किडनी होती है उस पर इसका ज़्यादा एक्शन होता है इसका स्टिचिंग इस कटिंग पेन होता है लेफ़्ट किडनी से फॉलोइंग कोर्स करती है यूरेटर की तरफ और ब्लैडर और यू तक चली जाती है और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों टैबैकम के साथ में टैबैकम ने भी सेम ये सिम्टम पाया जाता है अगर यही सिम्टम अगर राइट साइड में पाया जाता है राइट किडनी में तो वहाँ पर लैगोपोडियम दिया जाता है दोस्तों तो दोस्तों इस्पेशली लेफ्ट साइड की मेडिसिन है लेफ्ट किडनी में जबकि आपका जो ग्ला गोलब्लेडर होता है वो राइट साइड में होता है दोस्तों तो ये राइट गॉलब्लेडर और लेफ्ट किडनी इन दोनों में जो स्टोन होते हैं उसमें इसका मदर टिंचर यूज़ किया जाता है मदर टिंचर में इसको दोस्तों पंद्रह बूथ या बीस बूथ बीस बूथ आधे कप पानी में डालकर के सुबह दोपहर शाम इसको अगर प्रतिदिन यूज़ किया जा जाए तो धीरे धीरे दे करके वो जो स्टोन होता है अगर सेम सिम्टम मैच करता है तो धीरे धीरे उसकी साइज़ छोटी होती चली जाती है और इसको लगातार यूज़ करने पर धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती है दर्द भी आराम होता चला जाता है दोस्तों तो ये इसका बड़ा खास सिम्टम है और तो दोस्तों बाकी जानकारी आपको मैंने दे देखी दे हुई है तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी में तब तो तक अपना ख्याल रखिएगा जय हिंद जय भारत